ये है फ्रेंड मटर और बेसन का टेस्टी चीला ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है और इसमें हमने खास कर अदरक डाला है ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा लगे आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं मटर का चीला हेलो फ्रेंड हैप्पी किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं मटर और बेसन का चीला सबसे पहले आप वीडियो देखने से पहले लाइक कीजिए देखिए आज हम मटर और बेसन का चिल्ला बनाएंगे इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वन बाउल मटर टू बाउल बेसन एक प्याज थोड़ा सा अदरक दो तीन हरी मिर्च दो तीन लहसुन हरा धनिया और मसाले और एक चम्मच हमें लेना है मक्के का आटा सारे सामान को हमने मिक्सी में डाल लिया है अब हमको हम इसको पीसेंगे ये हमने मटर प्याज अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है इस पेस्ट को अब हम बेसन में डालेंगे थोड़ा सा मक्के का आटा लगभग दो स्पून अदरक की इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है थोड़ी सी हल्दी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं अगर कोई तीखा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी लाल मिर्च पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं धनिया पाउडर जीरा ये हमारा पेस्ट रेडी है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया एक पैन हमने गैस पर रख दिया है इसमें थोड़ा सा ऑइल लगा दिया है गरम हो चुकी है अब हम इसमें धीरे धीरे पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा फैला देंगे इसको चाहे तो हाथ की संयता से भी फैला सकते हैं भी बना सकते देखिए हमने हमने इसको पलटा दिया है। ये अच्छा है। है। है, बहुत बहुत ही अच्छा दिख रहा खुशबू अच्छी आ रही है। इसमें अदरक अदरक डाला इससे का टेस्ट और अच्छा रहेगा देखिए फ्रेंड इसको जाली जाली बन गई है आप हम इसको हिला सकते हैं ये है फ्रेंड मटर और बेसन का चीला रेडी इसको आप नींबू के अचार के साथ सर्व कर सकते हैं आप अपने किचन में इसे आसानी से बना सकते हैं देखिए ये बहुत क्रंची भी है खाने में भी बहुत टेस्टी है आप इसको ट्राई कीजिए और कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू